बहुत ही सत्कारीर राइटर मखण शेरों वाला जिन्होंने इन डिग्रिया डिपलोमे कर रखे ने पर अज वह बेचारे साब के हालात माड़े बेरोजगारी कारण इतने बी एड टलीयर ने ते गीत सुनावे थां थां जी भेत दिलदा सारे बंदे चंगे सारे माड़े नहीं होंगे ये गीत बी मखण शेरों जी का लिखा होेसबुक पेज मेरे हरमीत जसी फेसबुक पेज तो तुसे सारे जण्या ने इस गीत बहुत ज्यादा प्यार दिता शुक्रिया जी तो प्लीज असर भी कर सुन के चंगे सारे माड़े नहीं सही गल है जी बहुत दुनिया बहुत तरां तरां दे मिल दे ते चंगे सारे माड़े नही होंगे आजाद